बिसम असल दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की ये जो वीडियो है हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में बात होगी इंटूवर्ड्स के बारे में जी हाँ इंटोवर्ड्स के बारे में ऐसे लोग जिनको तन्हाई पसंद होती है जिनको बहुत ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं होता और उन लोगों को लगता है कि ये उनके अंदर एक बुराई है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं एक्स्ट्रोवर्ड जो बहुत ज़्यादा लोगों में मिलते जुलते हैं हर वक्त फ़न की तलाश में रहते हैं हर वक्त किसी ना किसी ऐसी चीज़ में रहते हैं कि बस उनके साथ लोग जुड़े रहें या उनको बहुत ज़्यादा बातें करने का मौका मिलता रहे लेकिन इसके बरक्स दूसरी तरह के लोग होते हैं जिनको इंटोवोर्ट कहा जाता है इंटरवोट वो लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं जो बहुत कम लोगों से मिलते हैं और बहुत कम अपनी बातें किसी को बताते हैं इसके अलावा भी इंटोवर्ट्स की बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं लेकिन इंटोवोट अपनी क्वालिटीज़ को लेके हमेशा परेशान रहते हैं उनको लगता है कि हम दुनिया में जो मोर देन सिक्सटी सेवेंटी परसेंट लोग हैं हम उन जैसे क्यों नहीं हैं हम क्यों इस तरह के हैं इस वीडियो को आप देखें और इस वीडियो के बाद आप फैसला करें कि क्या आपको इंट्रोवर्ट होना चाहिए या एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए मतलब बहुत ज़्यादा लोगों में जाना चाहिए या एक जगह पर रह के अपनी जिंदगी को इंजॉय करना चाहिए सबसे इस वीडियो में एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी वो ये होगी कि मैंने इसमें दस क्वालिटीज जो हैं इंटोवर्ट्स की बताने की कोशिश की है लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वालिटीज़ बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा भी बहुत कुछ हो सकता है में, लेकिन 10 मेरे ख्याल से कम है लेटर ऑन भी मैं इन वीडियो बनाऊंगा सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप दुनियावी एतबारे बात करते हैं तो इंटोवर्ट्स आपको दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम बनाते हुए नज़र आएंगे इवन दुनिया के जो अमीर तरीन बंदे हैं उनकी लिस्ट में भी जो टॉप फाइव की लिस्ट में जो लोग आते हैं वो सारे के सारे इंट्रोवर्ट हैं मोस्टली इंट्रोवर्ट्स हैं एग्जैक्टली लॉन्न मस्क की अगर आप बात करें वो इंट्रोवर्ट है बिलगेट्स की अगर आप बात करें वो इंट्रोवर्ट है वेरिन बफेट की बात करें वो इंट्रोवर्ट है इसके अलावा किसी भी बंदे को जो बड़ा जिसने नाम बनाया इवन मेरा मेरा फेवरेट पर्सन जोनी डेप जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मेरी मुझे उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है इसी तरह मार्क ज़करबर्ग और नल्सन मंडेला ये सारे वो लोग हैं जो दुनियावी अतबार पे बहुत ज़्यादा अपना नाम बना चुके हैं और ये सारे के सारे इंट्रोवर्ट हैं इंट्रोवर्ट होना अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो इस्लाम में भी खामोशी का हुक्म दिया गया है इस्लाम में भी लाइक like, कहा गया है हुक्म है कि आप मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर जो है वो खामोशी में रहें ज़्यादातर लोगों में नहीं रहे ज़्यादातर तन्हाई में रहें और जिस बंदे की तन्हाई पाक है साफ है वो इस्लाम में एक अलग ही मुकाम रखता है अगर आप इंटूवर्ड्स की क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो बहुत सी क्वालिटीज़ हैं यकीनन मैंने 10 बताने की कोशिश की है और मैंने पर्सनली इंटूवर्ड्स को जितनी क्वालिटीज़ मैंने इनमें ऑब्जर्व की है और मैं बता नहीं सकता कि एक वीडियो में तो शायद मुश्किल हो जाए अच्छा इंटूवर्ड्स के ऊपर मैं पहले क्वालिटीज़ बताऊँगा और फिर मैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताऊँगा कि पहले में क्या था और अब मैं क्या हूँ सबसे बेस्ट चीज़ सेंसटिव एग्जैक्टली exactly. इनकी नेचर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और सेंसिटिव होने की वजह से अक्सर ये लोगों का शिकार हो जाते हैं और इनको लगता है कि ये जो चीज़ है हमारे अंदर जो सेंसिटिविटी है ये बहुत ज़्यादा गलत है हमें सेंसिटिव नहीं होना चाहिए था हमें ये नहीं होना चाहिए था हमें वो नहीं होना चाहिए था बट आज अगर आप मुसलमानों को देखते हैं और मुसलमानों के दिल को देखते हैं तो आप लोग को मोस्टली मुसलमान जो हैं वो सख्त दिल के मिलेंगे और वो किसी के साथ बुरा भी करते हुए नज़र आएंगे किसी के साथ म ज़्यादती भी करते हुए नज़र आएंगे वैसे वो देखने में आपको कमज़ोर नज़र आएंगे लेकिन अंदर से उनके दिल बड़े मज़बूत होंगे सख्त हो भी होंगे असल में सख्त उनके दिल जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए हैं कि उन्होंने दुनिया से मोहब्बत कर लिया और इसी वजह से वो दुनियावी एतबारे दूसरों के साथ बुरा करते हुए अक्सर नज़र आते हैं लेकिन अल्लाह के रसूल सलील वसलम का फरमान है कि जन्नत में वही शख्स जाएगा जिसका दिल चिड़िया की तरह नरम होगा तो यहाँ इंटोबर्ट्स को प्लस पॉइंट ये मिलता है कि इनका दिल चिड़िया की तरह नरम होता है और ये दूसरों से ये शिकवा करते हैं कि आप हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं बट ये याद रखें कि ये किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते दूसरी इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है दैट इज़ गुड लिस्नर जी हाँ मेरे लिंक में मेरे लिंक में बहुत से इंटोबर्ट्स मेरे दोस्त हैं और मैं उनको पर्सनली जानता हूँ मैं जब भी डिप्रेशन में जाता हूँ या मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बातें करने की जो है वो तलब हो रही है तो मैं हमेशा अपने इंट्रोवर्ट दोस्त का इंतखा करता हूँ और मैं उससे ढेर सारी बातें कर देता हूँ हमें अक्सर शिकवे शिकायतें रहते हैं कि हमें कोई सुनता नहीं है अगर आपके इर्द गिर्द कोई इंट्रोवर्ट है बहुत कम बोलता है आप ज़रा एक दफ़ा उससे बात करके देखें तो सही अपने दिल की सारी बातें बता दें आप हैरान हो जाएंगे कि वो आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस देंगे जो सॉल्यूशंस आपको कभी भी किसी ने नहीं बताए होंगे इंटू बहुत ज़्यादा काम नेचर होते हैं ऐसा नहीं इनको गुस्सा नहीं आता गुस्सा आता है मगर बहुत ज़्यादा गुस्से को ये हैंडल करना जानते हैं ये काम नेचर होते हैं हमारी तो ज़रा ज़रा बात पर लड़ाई हो जाती है झगड़ा हो जाता है तो लड़ाई झगड़े की मोस्ट प्रॉब्ली बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि जब दो लोग एक जैसी सेम नेचर के होते हैं इंटू में ये क्वालिटी होती है कि ये किसी की बुरी बात को भी अच्छे मीनिंग के साथ उसी को रिप्रजेंट कर देते हैं तो ये काम नेचर होते हैं और इसके अलावा ये कमाल के ओवरथिंकर होते हैं इमेजिनरी वर्ड्स में रहते हैं दिन को रात और रात को दिन बना के ये चल रहे होते हैं और ये जीवोग्रीब से ख्याल में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी इस चीज़ को ये लेके बुरा समझते हैं लेकिन ओवरथिंकिंग करना आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की निशानी है अगर आप निकोला टेस्ला की बात करें तो निकोला टेस्ला भी जाते जाते जो थे वो अपनी पूरी पूरी इन्वेंशन के मॉडल अपने डिज़ाइन जो डिज़ाइन होते थे वो अपने माइंड में क्रिएट कर लेते थे ओवर थिंक कर लेते थे ओवर तो थिंकिंग हर बार बुरी नहीं होती बुरी सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग होती है ऐसी थिंकिंग जिससे किसी को या खुद को नुकसान पहुँचे वही चीज़ बुरी है अगर जो चीज़ आपको करके आपके लिए एक इन्वेंशनस बना रही है आपके लिए लाइक नए रास्ते खो रही है तो वो चीज़ कैसे बुरी होगी लोग अक्सर इनको यही कहते हैं कि तुम सोचो में उलझे रहते हो तुम सोचो में ये लोग कहते हैं ये लोगों की बातों को खुद पे बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ये सेंसटिव नेचर होते हैं इसके अलावा इनकी बहुत ही कमाल चीज़ होती है तन्हाई पसंद जी हाँ मैं उस बंदे को ग्रेट बंदा समझता हूँ जो तन्हाई में रह के खुश रहता है और ये लोग तन्हाई में रह के खुश रहते हैं मुझे ये चीज़ सबसे पसंद है इवन तो पहले मैं एक्स्ट्रोवर्ट था जब मैं एक्स्ट्रोवर्ट था मैं घर में बैठता था मुझे बड़ी तंगी होती थी बड़ी तकलीफ होती थी जो भी बंदा एक्स्ट्रोवर्ट होता है वो तन्हाई से भागता है और ये लोग खुश नसीब होते हैं कि यह तन्हाई में बैठ कर भी मज़े से अपनी लाइफ को इंजॉय कर लेते हैं मज़े से रह के कोई ना कोई ऐसा काम कर लेते हैं प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं जो कि नॉर्मली आम बंदा नहीं कर पाता मुख्तु रिसर्च में देखा गया जिसके बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं बहुत सी गैदरिंग होती है वो बंदा लेस क्रिएटिव होता है वो बंदा लेस डीप थिंकर होता है तो ये लोग तन्हाई में बैठ के अपनी बहुत सी चीज़ों में खुद में देखते हैं दूसरों में देखते हैं और बड़ी चीज़ों को ये नोटिस करते हैं ऐसी वो चीज़ें जो कोई और नोटिस नहीं करता इसके अलावा मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी है यार के लोग बुरी से बुरी बात कर देते हैं और कहते हैं जी मैं मैं तो सच बोलने का आती मुझसे झूठ बात बर्दाश्त नहीं होती मुझसे कोई बात अंदर नहीं रखी जाती दर हकीकत यह है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं इनके पास कोई भी बात इनके पेट में नहीं रहती और ये बगैर तस्दीक के कोई भी बात कर देते हैं लेकिन इंट्रोवर्ट यहाँ भी प्लस पॉइंट ले जाते हैं इंट्रोवर्ड्स कोई भी बात बगैर सोचे समझे नहीं करते वह बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जैसे वो मीनिंग चेंज कर देते हैं वो वैसे ही किसी भी नेगेटिव बात से पॉजिटिव बात निकालने का इन लोगों को हनर आता है और अक्सर जो बेचारे इंटूबर्ट्स होते हैं उनको कंप्लेन की जाती है तुम सोशलाइज नहीं हो तुम लोगों से नहीं मिलते तुम लोगों में नहीं जाते तुम ये नहीं करते तुम वो नहीं करते इस बात को भी लेके वो अपने आप को रिग्रेट में डाल देते हैं मैं क्यों ऐसा हूँ मैं क्यों ऐसा नहीं कर पाता बट कीप इन माइंड बहुत ज़्यादा लोगों में जाने से हर वक्त लोगों में बैठने से मिलने से आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता आपके पास अपने आइडियाज पिक करने के लिए काम नहीं होता आपके पास अपने बिजनेस को देने के लिए वक्त नहीं होता अपने आइडियाज़ को देने के लिए वक्त नहीं होता खुद की जात के लिए वक्त नहीं होता तो क्या फायदा हर वक़्त लोगों में रहने का जहाँ आपको लगे सोशलाइज होना है वहाँ आपको सोशलाइज होना है जहाँ नहीं वहाँ नहीं अपने आप में नहीं की आदत भी डालें एक गलती ये बेचारे भी कर देते हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं किसी को ना भी नहीं बोल पाते बहुत सी क्वालिटीज़ हैं दस का है दस और इसके अलावा खामोश तबीयत ये लोग खामोश तबीयत ज़्यादा होते हैं मतलब बहुत कम बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर अपनी एक फाइट चल रही होती है अपनी एक सोच अप्रोच चल रही होती है इसकी वजह से लोग इनको अक्सर कहते हैं यार तुम बोर नहीं होते हर वक्त खामोश रहते हो यार कितना कम बोलते हो यार ये इस बात को नगेटिव में लेते हैं बट इसके प्रोस्पेक्टिव पे अगर आप दूसरी तरफ आकर देखें तो आप उन लोगों से क्यों नहीं शिकवा करते जो हर वक्त बोलते रहते हैं आप उन लोगों से क्यों नहीं कहते कि यार तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम क्यों हर वक्त बोलते रहते हो तो यह बात भी यहां ये एक्स्ट्रोवर्ट इस चीज को भी नेगेटिव में लेके खुद के ऊपर ब्लेम कर देते हैं खुद से शिक्वे करने लग पड़ते हैं कि मैं क्यों नहीं बोल रहा बट अगेन बहुत ज्यादा बोलना जस्ट एक नुकसान है कम बोले उतना बोले जितना बोलना चाहिए जितना बोलना चाहिए एक्स्ट्रोवर्ट बने इंट्रोवर्ट बने क्या बने वीडियो कैंड पे आपको बताया जाएगा अगर आप अभी तक इस वीडियो पर हैं और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है अच्छी लग रही है तो इसे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों तक जरूर शेयर करें इसके अलावा डीप थिंकर जी हाँ इंट्रोवर्ड जो होते हैं वो कमाल के डीप थिंकर होते हैं यार इनके पास हर मसले का हल होता है अगर आपका कोई इंट्रोवर्ड दोस्त है ना आप लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करके देखो यू मिनटों में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा यू मिनटों में वो रास्ता मिल जाएगा जो रास्ता आपकी सोच में भी नहीं होगा और ये जब चलते हैं ना तो ये इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को नोटिस करते हैं बहुत सी चीज़ें जो एक्स्ट्रोवर्ट नहीं कर पाते ये नोटिस करते हैं एक्स्ट्रोवर्ट चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं मटीरियल्स के बारे में सो तो रहे होते हैं ये उन मटीरियल के प्रोसेस के बारे में सोच रहे होते हैं तो ये डीप थिंकर होते हैं और ये चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा प्लस में काउंट होती है अगेन बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो सोचों में रहने की वजह से लोग इनको जो है वो समाइम नेगेटिव कमेंट्स पास कर देते हैं और ये उन्हीं नेगेटिव कमेंट्स में उलझ के ख़ुद के अंदर नेगेटिविटी तलाशते रहते हैं इसके अलावा प्योर सोल यार इनका दिल बहुत खास होता है इनका दिल ऐसा होता है कि ये किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते खुद के साथ अक्सर कर जाते हैं बट ये भी गलत चीज़ है इनकी अच्छाइयों में बहुत इनकी अच्छाइयों में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं लेकिन ये किसी के साथ बुरा नहीं करते किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते लोगों को जहाँ इनकार करना चाहिए वहाँ नहीं भी इनसे इनकार नहीं होता और अगर इनके पास कोई चीज़ नहीं भी है ये इधर उधर से पकड़ के कहीं ना कहीं से करके अरेंज कर देते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम इंट्रोवर्ट्स को बहुत ज़्यादा सफर करना पड़ता है अब इतने ज़्यादा फ़ायदे इंट्रोवर्ट होने के इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं जो आपको इंटरनेट पर आसानी मिल जाएंगे क्वेश्चन ये बनता है कि इंट्रोवर्ड बने तो फ़ायदे भी या नुकसान भी है एक्स्ट्रोवर्ड बने फ़ायदे भी या नुकसान भी है क्या बने Exactly. बने। <laughs> मतलब ये एक हो जाएगी कि जिसमें आपने कहीं और कहीं आपने कहीं कहीं बनना बनना। और में मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रोवर्ट था बहुत ज्यादा और जैसे ही मैं बिजनेस में आया मैं टोटली इंट्रोवर्ट हो गया मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी ज्यादा पेन से सफर किया और कितना ज्यादा मैंने लाइफ में एक टाइफ टाइम गुजारा देन मुझे बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि सिर्फ इंट्रोवर्ट होना भी आपके लिए अच्छा नहीं होता और सिर्फ एक्स्ट्रोवर्ट भी होना आपके लिए अच्छा नहीं होता जहां आपको लगता है कि लोगों के साथ मिलना है ज़रूर मिलें और एक वक्त आता है जब आपकी प्रोडक्टिविटी लेस्ट हो एक जगह पे आके रुक जाती है वहां आपको लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है तो वहाँ आपको एक्स्ट्रोवर्ट बनना पड़ेगा कुछ मुकाम पर आपको एक्स्ट्रोवर्ट बनना पड़ेगा कुछ मुकाम पर आपको इंट्रोवर्ट बनना पड़ेगा आपको तभी एक बैलेंस लाइफ आपकी जो है वो गुजरेगी तो लाइफ को बैलेंस करने के लिए दोनों का इक्वल में रखना ज़रूरी है और अगर आप कहें मुझसे तो मैं इसकी आपको रेशो दूं तो वो रेशो यही होगी 70% परसेंट इंट्रोवर्ट हो जाए 30% परसेंट हो जाए आप जिंदगी में इतने कामयाब हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि एक्स्ट्रोवर्ट मटीरियलिस्टिक ज़्यादा होते हैं इंट्रोवर्ट प्योर सोल ज़्यादा होते हैं सॉरी टू सही अगर कोई एक्स्ट्रोवर्ट है उसको ये बात बुरी लगे तो आई एम सॉरी सारे नहीं होते कुछ होते हैं तो एक्सटोवर्ट और introvert दोनों ने मिलकर चलना है दोनों ने life को balance करके चलना है I hope so कि ये video आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी इसे दूसरों तक जरूर share करें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा मुझे दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं किसी और video में किसी और topic के साथ असल Allah Hafiz